एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहां चलता था लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहां प्रधानमंत्री जी भी आए नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें न केवल हरियाणा तक सीमित हो न केवल अपने देश तक सीमित हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है किसी एक धर्म के साथ किसी एक पूजा पद्धति के साथ किसी एक आ, ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है मानवता के लिए है दुनिया को भी गीता के माध्यम से बहुत कुछ बता सकते हैं धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियां जो हैं वो की जाती हैं अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से, से ज्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे विदेश के भी होंगे वो सब यहाँ आने वाले हैं बड़ी संख्या है 21 कल्पचर यही बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये सब महाभारत से संबंधित होंगे तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है ज्योति सर्व के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे आ, यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक कल्पर ये बनाए जाएंगे 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टान्त से तीन दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है और न केवल यहां पर गीता महोत्सव बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सान्निध्य में मॉरिशियस में और गीता उत्सव ये मनाया गया और बाद में इंग्लैंड में भी लंदन में भी ये मनाया गया ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था लेकिन संयोग से उसी समय कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है ये समय जो है हमारा ये पिछले दो से दो मात्र पांच साल या छठा उत्सव इतना मात्र नहीं है बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया 5000 साल पहले गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया लेकिन उसको आज भारतवर्ष में आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा याद रखा जाएगा और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी आखिर हमारे बलिदानियों ने हमारे देश की आजाद कराने वाले लोगों ने उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है इसका भी उपयोग होगा और लगातार जैसे कल से दो दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे 19 दिसंबर तक चलेंगे प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक क्योंकि चौदह तारीख गीता जयंती का दिन है तो उस दिन तक ये जो छह दिन का कार्यक्रम उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं अभी 25 से ज्यादा देशों के लोग जिसमें अमेरिका है कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है यूके है ऐसे 25 से ज्यादा देशों के लोग लगभग साढ़े तीन लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को भी दो से ज्यादा लोगों ने अपडेट किया है अड़तीस लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी अभी तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है और इस प्रतियोगिता में श्लोक बोलने का लिखने का वो जो सारी प्रतियोगिता हैं, उसके माध्यम से इन तो वहां पर शिल्प पर जो सरस मेला होगा उसमें तो चार सौ के आस पास ये सब दुकानें है ज्यादा होंगी छोड़ के एक छोड़ के दे दे दे दे एक दे रहे हैं इस बार हम आठ सौ के लगभग एक छोड़ के एक दे रहे हैं ताकि कोविड के उस आ, सारे लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक तीन दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं उसका महत्व पता लगा तो ऐसे वहां के स्थानीय लोगों को वहां का जो महत्व बताया है तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं तो ये संख्या 164 हो जाएगी और सब 164 स्थानों पर धीरे दिर धीरे इन दिनों में कहीं दो दिन कहीं तीन दिन कहीं पांच दिन कहीं एक दिन वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों ताकि गीता गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है अड़तालीस कोष का उसके अंदर ये सब बने सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्मस्वर में आज़ादी के अमृत महोत्सव में आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे बहुत हर दिन सायकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा ताकि लोग उसको देख सकें उसका आनंद ले सकें संत सम्मेलन बारह दिसंबर दो को वो संत सम्मेलन होगा जहाँ सारे देश के विदेश के संत समागम यानी संतों के विचार आखिर हर किसी व्यक्ति का सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो वो व्याख्यान भी होंगे और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा गीता के जो सेमिनार हवन एक पाठ का आयोजन जैसे हमने ही है वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को जितने महाविद्यालय हैं उन सब में संसद गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है ताकि वहां के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी, आ, पर भी अपने विचारमय सेनाते से वो करेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पिछहत्तर स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा पिछहत्तर वर्ष पूरे हुए हैं तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार पिछहत्तर परिवार हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए हम